नंदनी के जन्मदिन की खुशी में एक गाना गाओ दुनिया जलती है तो जलने दो, क्योंकि जलाने वाले भी हम हैं और बुझाने वाले भी... हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते अच्छा क्या खड़े हो जाते हैं <laughs> लाइन वही से हम शरीफ कहो पूरी दुनिया ही बदमाश कर पूरे शहर का नाम चलता है शेर जैसा चाहिए हाथ लगाने में शामगढ़।